हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल तो ये ट्वेल्थ पार्ट है हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का देखो अभी तक हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे तो ये जो है ये लास्ट इंडिकेटर रहेगा हमारे सीरीज़ में अभी मुझे थोड़ा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको पहले सिखाना है तो बाकी के जो इंडिकेटर्स है वो मैं प्राइस एक्शन के बाद कवर करूँगा तो अभी तक जो भी हमने इंडिकेटर सीखे ये स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं मैं रैंडमली कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ सब सिक्वेंशियली जा रहे हैं हम तो बस आप कोर्स को फॉलो करते रहिए और वीडियो के एंड में आपको जो भी हमने पहले इंडिकेटर्स कवर किए हैं वो सारे एक साथ कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगा आज हाँ और एक सवाल लोग मुझे पूछ रहे हैं कि वो ट्रेडिंग व्यू में लिमिटेशंस की वजह से तीन इंडिकेटर्स की लिमिटेशंस की वजह से ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं कर पा रहे तो वीडियो के आखिरी में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसकी वजह से आप अनलिमिटेड इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू के तो बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए तो आज का जो हमारा इंडिकेटर है उसका नाम है स्टॉटेस्टिक आर इंडिकेटर ये बेसिकली एक ऑसिलेटर है तो इसमें दो वर्जन आपको मिलेंगे एक नॉर्मल स्टॉकस्टिक भी है और एक स्टोकस्टिक आर वर्जन है तो हम स्टोकस्टिक आर वर्जन यूज़ करेंगे ना कि स्टोकस्टिक वर्जन तो सबसे पहले हम स्टॉकस्टिक की डेफिनेशन देख लेते हैं स्टॉकस्टिक ऑसिलेटर क्या है स्टॉकस्टिक ऑसिलेटर इज अ मोमेंटम इंडिकेटर ये आर की तरह एक मोमेंटम इंडिकेटर है कम्पेरिंग अ पर्टिकुलर क्लोजिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ये क्लोजिंग प्राइस पे वर्क होता है आर की तरह और ये लैगिंग इंडिकेटर है जो प्राइस मोमेंट के हिसाब से मोमेंटम के हिसाब से आपको रिजल्ट्स देता है तो ये आर की तरह काम करता है लेकिन ये ऑसिलेटर की तरह आपको दिखाएगा ये एक लैगिंग इंडिकेटर है जो आरएसआई की तरह काम करेगा लेकिन ये ऑसिलेटर है आरएसआई एक ऑसिलेटर की तरह यूज़ होता है लेकिन वो 100% परसेंट नहीं है लेकिन स्टॉकस्टिक आर जो है ये हम हंड्रेड परसेंट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं या जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे में काम करते हैं वो आज भी स्टॉकस्टिक यूज़ करते हैं उनके सिस्टम में मैं खुद अपने ट्रेडिंग में स्टॉकस्टिक आरेसा यूज़ करता हूँ इंट्राडे के हिसाब से तो 100% हम किसी भी इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं हो सकते हमें बस स्टॉकेस्टिक आरेसा जो है ये एडिशनल कन्फर्मेशन में हेल्प करेगा बड़े टाइम फ्रेम के लिए हम पूरी तरह इस पर डिपेंड नहीं हो सकते लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम में भी काम अच्छी तरह से करेगा जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे ना वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि कैसे इसको यूज़ करना है तो सबसे मैं पहले बताता हूँ आपको ऑसिलेटर क्या होता है देखो ऑसिलेटर का एक ही काम होता है सिर्फ टॉप और बॉटम करना मतलब समझो ये रेंज है तो इसमें ऑसिलेटर का कैसे काम करेगा ये बॉटम करेगा टॉप करेगा बॉटम करेगा टॉप करेगा बॉटम करेगा टॉप करेगा तो इस तरह से ये मार्केट कैसे भी मूवमेंट करता रहो ऊपर नीचे कैसे भी मूवमेंट करता रहेगा लेकिन ऑसीलेटर का काम जो होता है वो सिर्फ टॉप बॉटम टॉप बॉटम इतना ही करता है तो ओसीलेटर आपको 100% सिग्नल नहीं दे सकता लेकिन बता सकता है कि कब ये मार्केट मोमेंटम पकड़ने वाला है तो वो मोमेंट्स आप कैच कर सकते हो ऊपर नीचे वाली बाकी कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा वो सारी चीज़ें प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड होती है तो ऑसिलेटर का यूज़ बस कंफर्मेशन के लिए ही होता है तो मैं आपको चार्ट्स के ऊपर दिखा दूंगा वो बाकी चीज़ें तो अब हम देखेंगे स्टॉकस्टिक आर एस में स्ट्रक्चर कैसा है देखो इसमें बेसिकली दो ही स्ट्रक्चर है आर में आपने ये लाइन्स देखी थी अपर बैंड देखा था लोअर बैंड देखा था जो आपको डॉटेड में दिख रहा है तो स्टॉकस्टिक ऑसिलेटर में भी ये होता है इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं एक परसेंट के लाइन होती है और परसेंट डी लाइन होती है तो इसको ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे दो चीज़ें आप याद रखो परसेंट के लाइन जो है ये फास्ट मूविंग है जैसे हमारे एम इंडिकेटर में थी एक फ़ास्ट मूविंग लाइन थी एक स्लो मूविंग लाइन थी वैसे ही स्टॉकिसटिक आर ऑसिलेटर में भी एक फास्ट मूविंग लाइन है जो ब्लू कलर में आपको यहाँ पर दिखेगी और एक स्लो मूविंग लाइन है जो रेड कलर में दिखेगी तो बस इनके क्रॉसओवर्स के हिसाब से हमें एज ए ऑसिलेटर इसको यूज़ करना है ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इंडिकेटर में एकदम सिंपल इंडिकेटर है तो इसको सिंपल ही रखेंगे तो स्ट्रेटेजी तो मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। फिलहाल आप परसेंट के लाइन और परसेंट डी लाइन याद रखो ये कैसे फॉर्म होती है इसको ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं आपको ज़्यादा टाइम नहीं इसमें वेस्ट करेंगे बस इसको कैसे यूज़ करना है वो हम चार्ट्स के ऊपर देख लेंगे तो चलिए देखते हैं चार्ट्स तो ये है अपना ट्रेडिंग व्यू मैंने यहाँ से इसको इंसर्ट किया है यहाँ पे जो जाकर बस आपको स्टॉक लिखना है यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे उसमें से स्टॉक आरएसआई हम यूज करेंगे ना कि स्टॉक ठीक है तो स्टॉक आरएसआई आप इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे नीचे ही आपको दिखेगा इसको हम डिफॉल्ट वैल्यूज पे यूज करेंगे इसके सेटिंग में जाके कुछ ज्यादा चेंज नहीं करेंगे तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे दो लाइन्स है ब्लू कलर की और रेड कलर की तो स्ट्रेटेजी इसमें क्या बनती है जब ये ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करेगी नीचे से ऊपर तो यूजअली मार्केट मोमेंटम पकड़ रहा होता है ओके यहाँ से मोमेंटम बढ़ रहा होता है मार्केट का तो उसके बाद हम एंट्री ले सकते हैं कब एंट्री लेना है जब ये लाइन इस डॉटेड लाइन को जो लोअर बैंड है हमारा जो 20 लेवल है या 19 लेवल है जब उसको ये क्रॉस करेगा तो उसके बाद यूजअली ये लॉन्ग होता है तो जब ये लाइन नीचे से ऊपर क्रॉस करेगी तो मार्केट मोमेंटम पकड़ रहा होता है और से आप लॉन्ग कर सकते हो और ऊपर जाने के बाद ये ओवरबॉड रीजन में आता है ओवरबॉट तो रीजन में आने के बाद कुछ कुछ इस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या फिर इसमें बाकी स्ट्रेटेजीज यूज़ होती है जैसे सपोर्ट लेवल है रेजिस्टेंस है वहाँ पे पहुँचने के बाद लोग उसको सेल करते हैं तो ऊपर की तरफ जब ये लाइन ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होता है ओके तो एज अ ऑसिटर बाय और सेलिंग के लिए भी लोग इसको यूज़ करते हैं लेकिन ये हंड्रेड परसेंट सिग्नल नहीं देता जैसे यहाँ पर देखो नीचे से क्रॉस हुआ जब ये लाइन यहाँ पे क्रॉस की इसने नीचे आने के बाद हमारे ओवरसोल्ड रीजन में तो नहीं आया लेकिन वहाँ से ऊपर चला गया तो जब आप लाइव ट्रेड करते हो तो आपको पता नहीं चलता है ये लाइन यहाँ से क्रॉस ओवर होने वाली है या बॉटम करने वाली है तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे तो इसीलिए इस इंडिकेटर को हम इसके ऊपर हंड्रेड परसेंट नहीं हो सकते बस ये आपको बाइंग और सेलिंग जोन दिखाते रहेगा बाकी डिसीजन आपको जो लेना है उसके लिए आप बाकी इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो या फिर प्राइस एक्शन में जब हम सीखेंगे वो मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो तो ऑसलेटर का बस इतना ही काम होता है नीचे ऊपर नीचे ऊपर करना बड़े टाइम फ्रेम पे भी आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें मल्टीपल सिग्नल्स ये दिखाएगा यहाँ पे बाई कर लिया यहाँ पे सेल कर दिया लेकिन यहाँ से अप ट्रेंड आएगा ये कंफर्मेशन आपको बाकी इंडिकेटर्स देंगे किस इंडिकेटर पर वो पता नहीं चलता बस ये यहाँ पर ओवर बोट होने के बाद ओवरसोल्ड रीजन में चला जाता है तो ये कितना गिरेगा ये डिपेंड करता है तो जैसे मार्केट थोड़ा सा ही गिरा यहाँ पे ऊपर की तरफ लेकिन यहाँ पे इसमें पूरा बॉटम किया बिकॉज ये ऑसिलेटर है तो ये ऐसे ही काम करता है आपको ट्रेंड पूरा नहीं दिखेगा लेकिन एंट्री लेवल्स और एग्जिट लेवल्स आपको एटलीस्ट मार्क करके देगा तो जैसे जैसे जैसे, जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाओगे ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते जाता है देखो अभी हम वन आवर पर है तो आवर पर यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया इसने यहाँ पर यहाँ पर तो ट्रेंडिंग मार्केट में ये अच्छी तरह काम करेगा एकदम स्मूथली काम करेगा लेकिन जब चौपी मार्केट है तो चौपी मार्केट में अगर ट्रेड करना है इंट्राडे करना है तब लोग इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जैसे यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल्स इसने जनरेट किए यहाँ पे ये लाइन तो क्रॉस की लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में था तब और एक बार नीचे आया और उसके बाद यहाँ से लॉन्ग हुआ तो बड़े टाइम फ्रेम पर ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है यूजुली लोग इसको फाइव मिनट्स और फिफ्टी मिनट्स पर ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पर ये फास्ट सिग्नल देता है छोटे छोटे और इंट्राडे में तो लोगों को फास्ट सिग्नल्स ही चाहिए तो उसके हिसाब से वो इंटरेग्जिट प्लान करते हैं तो पहला तरीका हमने देखा जिसमें हमने नीचे बाई किया और लाइन के ऊपर सेल किया ओके नीचे क्रॉस ओवर हुआ तो बाई कर लिया ऊपर क्रॉस ओवर हुआ तो सेल कर लिया तो अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यूज़ करता हूँ तो ये सेकंड स्ट्रैटेजी है आप इसको बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे कंपेयर करके यूज़ कर सकते हो कैसे देखो अगर डेली के ऊपर मुझे इतना बड़ा सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे मैं बाई कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सेल कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए तो अगर आप प्राइस कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पे ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ ओके तो जब मैं ये छोटे टाइम फ्रेम पे चला, चल, चला के देखता हूँ ये लाइन्स तो देखो यहाँ पे कितनी बार क्रॉस किया है ऑसिलेटर ने ऊपर नीचे ऊपर नीचे किया है लेकिन यहाँ से मैं मेरा ट्रेंड कंटिन्यूशन में रह सकता हूँ मैं यहाँ पे सेल करने की मुझे जरूरत नहीं मैं इस बड़े ट्रेंड में रुक सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि डेली के ऊपर स्टॉकेस्टिक जो है ये इसने क्रॉस ओवर किया है ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसमें मैं रुक सकता हूँ तो मैं फोर आवर और डेली के ऊपर भी अगर अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो उस हिसाब से मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी डिसीजन ले सकता हूँ स्टॉक का यूज करके तीसरा तरीका है हमारा डाइवर्जेंस देखो डाइवर्जेंस ऑलरेडी हमने आर के पार्ट में देखा है लेकिन आप डाइवर्जेंस स्टॉक स्टिक अगर देखोगे जैसे यहाँ पे ये प्राइस में हायर हाई बना है राइट लेकिन स्टॉक के ऊपर लोअर हाई बना है तो उस केस में बोल सकता हूँ मैं डाइवर्जेंस है ये बेरिज डाइवर्जेंस है और मार्केट यहाँ से फोरआवर पे थोड़ा नीचे जा सकता है तो जैसे यहाँ पे डाइवर्जेंस बनने के बाद मार्केट नीचे चला गया और जब स्टॉक ने बॉटम किया तब उसने रिवर्सल किया ओके तो डाइवर्जेंसेस का यूज़ करके भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो बुलिज डाइवर्जेंस है बेरिज डाइवर्जेंस है जैसे यहाँ पर ऑलरेडी बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है राइट right? और यहाँ पे प्राइस देखो ये नीचे नीचे आ रही है लेकिन स्टॉक स्टिक के ऊपर सिग्नल मिल रहा है हमें कि इसमें हायर लोज बनते जा रहे हैं और प्राइस जो है वो लोअर लोज बना रही है तो मार्केट कहीं से तो रिवर्स, रिवर्सल कर सकता है तो इस प्रकार ये डाइवर्जेंस जैसे वर्क होता है स्टॉक स्टिक का यूज करके सेम आर एस जैसा ही है लेकिन स्टॉक स्टिक में ये बेहतर तरीके से दिखेगा मोमेंटम फास्ट होने की वजह से वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम सारे इंडिकेटर्स को कंबाइन करके आपको मैं इसमें दिखाऊंगा सिग्नल कैसे जनरेट होता है तो वो हम फोर्थ तरीका इसको यूज कर सकते हैं स्टॉक को भी हमें बस इसे कंबाइन करना पड़ेगा आरएसआई आरएसआई के साथ और हम इसको कंबाइन करेंगे एम के साथ ठीक है तो जैसे 15 मिनट्स पर अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी हम ओवरसोल रीजन में है आरएसआई में राइट एमएससीडी एस भी हमारा बेस लाइन के नीचे है तो एक सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ है अब ट्रेंड का जैसे आरएसआई ने ये लाइन क्रॉस की तो थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद एम पूरा यहाँ पर क्रॉस करके यहाँ तक चलाया तो इंड्राडे में अगर ट्रेड कर रहा है कोई तो ये बड़ी एंट्री हो जाती है यहाँ से यहाँ तक तो स्टॉक आपको यहाँ पे कंफर्मेशन देता है आरएसआई और एम पे सी डी अगर आप, आपको सिग्नल मिलता है बाकी आरएसआई 50 के ऊपर है वो सारी स्ट्रैटेजीज़ तो आपको यूज़ करनी है बस एडिशनल कंफर्मेशन के लिए आप स्टॉक यूज़ कर सकते हो तो जैसे समझो स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट रीजन में है तो अगर मैं वेट करता हूँ थोड़ा यहाँ तक मार्केट यहाँ तक स्टॉक जब बॉटम करेगा उसके बाद नेक्स्ट सिग्नल जनरेट होगा तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो ये सिग्नल आरएसआई ने देखो 50 लाइन भी क्रॉस नहीं की नीचे तो ये ऊपर की तरफ बाउंस हुआ यहाँ से स्टॉक ने भी मुझे सिग्नल दिया तो यहाँ से मैं एंट्री ले सकता हूँ ना कि मैं यहाँ पर एंट्री लेकर टाइम वेस्ट करूँगा राइट तो स्टॉक जब ऊपर जाके बॉटम करेगा तब मैं एंट्री ले तो ज़्यादा फ़ायदा है तो स्मॉल टाइम फ्रेम पर स्टॉक आपको ईजीली एंट्रीज देता है तो यूजली जो स्कैल्पिंग करते हैं वो स्टॉक का इस प्रकार यूज़ करते हैं जब ये बॉटम करेगा तभी वो एंट्री लेते हैं बिकॉज़ प्राइस मोमेंट कैसे भी हो सकती है यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है प्राइस पूरा या फिर सपोर्ट भी ले सकता है यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है कहीं पे प्राइस ने और फिर यहाँ से बाउंस हुआ तो उस केस में स्टॉक आपको फ़िल्टर आउट करके देता है एंट्रीज तो जो भी इंडिकेटर्स मैंने आपको सिखाए हैं अभी तक वो आप सारे कंबाइन करके अगर एक साथ यूज़ करोगे तो आप फिल्टर आउट कर सकते हो एंट्रीज़ देखो एज अ स्टार्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंडिकेटर्स पे ट्रेडिंग स्टार्ट करो 100 परसेंट इंडिकेटर्स पे सिग्नल नहीं मिल सकता लेकिन आपको ट्रेडिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई एक बार आप साइकोलॉजी में आ गए ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी अच्छे से डेवलप हो गई तो फिर आप प्राइस एक्शन और वो ईजीली कर सकते हो तो इसीलिए इंडिकेटर ट्रेडिंग जो है ये यूज़फुल माना जाता है प्राइमरी लेवल पर ताकि आपको एंट्रीज एग्जिट्स जो मनी मैनेजमेंट है रिस्क मैनेजमेंट है स्टॉप लॉस लगाना वो सारी चीज़ें अगर आप पहले से करोगे तो एडवांस ट्रेडिंग में आपको ये सारी चीज़ें इजी हो जाएगी क्योंकि ट्रेडिंग जो है ये प्रैक्टिस की चीज़ है जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ही आप आगे सक्सेसफुल ट्रेडर बनते जाओगे देखो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बोला था बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मल्टीपल इंडिकेटर्स वो यूज़ नहीं कर पा रहे ट्रेडिंग व्यू के लिमिटेशन की वजह से क्योंकि तीन से ज़्यादा इंडिकेटर्स आप ट्रेडिंग व्यू पे यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है जो मैं आपको दिखा रहा आप क्या करो बिनान्स यूज़ करो बिनानस के ऊपर बाइनस के ऊपर आपको ट्रेडिंग व्यू का एक टैब है यहाँ पे ये इनका टाइप है ट्रेडिंग व्यू के साथ बिनास का तो अगर आप दोनों एक साथ यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड इंडिकेटर्स एक साथ यूज़ करने की परमिशन मिलती है यहाँ पे आप कितने भी इंडिकेटर्स एक साथ यूज़ कर सकते हो और ये ट्रेडिंग व्यू का ही है पूरा सेटअप तो इसमें लिमिटेशन नहीं होगा यहाँ पर आप दस बारह पंद्रह कितने भी इंडिकेटर्स यूज़ करो ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ करना है हानिकारक है लेकिन एटलीस्ट आप ई और वो सारे यूज़ कर सकते हो बाकी इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके तो यह बस एक ट्रिक आपको बतानी थी तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हम अब स्टार्ट करने वाले हैं तब तक के लिए टेक केयर सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय